तामिया जनपद में पुल ना होने की वजह से बारिश के समय ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है लोग चांद जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। कई बार ग्रामीणों ने पुल के लिए शासन और प्रशासन से गुहार लगाई लेकिन स्थिति चीस बनी हुई है तामिया जनपद में ग्राम पंचायत चोपना का गांव झिरपानी एक ऐसा गाँव है जहाँ लगभग चौरासी मकान बने हुए है लेकिन यहाँ की ग्रामीणों को हर बार बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक और पैदल चलकर नदी को पार करते हैं ग्रामीणों ने कई बार बड़े अधिकारियों और राजनेताओं को इसकी सूचना दी ग्रामीणों ने इसके लिए जन सुनवाई में भी आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है ये नाला है हमारे पंचायत में एक ग्राम झरपानी करके ये पूरा यानी बारिश के समय यहाँ पर पूरा बंद हो जाता है पूरा बाधित हो जाता है मैं चाहता हूँ कि सरकार से कि या से या ये इस इस ऐसी जल्दी जल्दी निर्माण हो जाए तो काफी अच्छा होगा। ग्रुप चूज दी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो